एक समय की बात है एक बहुत सुंदर लड़की थी उसका नाम था सिंड्रेला। वह अपने पिता सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी पिता की मृत्यु के बाद सौतेली माँ और बहनें उसे परिवार का सदस्य भी न मानती और घर का सारा काम करवाती सिंड्रेला बहुत अकेली हो गई थी एक दिन राजमहल के सेवक ने एक शाही दावत की घोषणा की जिसमें सभी लड़कियां आ सकती थीं। मैं अपनी लाल पोशाक पहनूंगी बड़ी सौतेली बहन ने कहा और मैं अपनी हरी पोशाक पहनूंगी छोटी बहन ने कहा शाही दावत का दिन आ गया सौतेली माँ और दोनों बहनें सच ध कर दावत पर चली गईं। खिड़की से उन्हें जाता देख सिंड्रेला उदास हो गई काश मैं भी शाही दावत पर जा पाती अचानक से परियों की माता प्रकट हुई क्या हुआ प्यारी बच्ची क्या तुम्हें भी शाही दावत पर जाना है धर्म माता ने प्यार से पूछा हाँ लेकिन मैं इतने फटे हुए कपड़ों में कैसे जाऊँ अपने आंसू पोंछ लो मेरे पास एक बड़ा सा कद्दू छह और एक छा लेकर आओ सु ने की बात तुरंत मान ली। ने कद्दू को अपनी जादुई छड़ी से छुआ और एक सोने के सुंदर पार्टी में बदल दिया चूहियों को घोड़ों में बदल दिया चूहे को पाल की चालक में बदल दिया अब तुम्हें बस एक सुंदर पोशाक चाहिए लग रही थी जैसे ही सिंड्रेला पाल की पर बैठी धर्म माता ने सिंड्रेला को चेतावनी दी याद रखना तुम्हे आधी रात से पहले वापस आना है नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा मैं याद रखूंगी सिंड्रेला ने कहा जल्द ही महल पहुंच गई सभी लोग सिंड्रेला को देखते ही रह गए। कितनी प्यारी लड़की है कितनी सुंदर पोशाक है। राजकुमार भी सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर हैरान रह है गया पूरी शाम वह सिर्फ सिंड्रेला के साथ नाचता रहा अचानक जब घड़ी में 12 बजे तब सिंड्रेला को धर्म माता की चेतावनी याद आई। ओह, मुझे मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, होगा, सिंड्रेला चिल्लाई और भागी रुको रुको मुझे अपना नाम बताओ राजकुमार सिंड्रेला के पीछे भागा पर सिंड्रेला वहां से चली गई थी तभी राजकुमार ने सीढ़ियों पर कुछ चमत्कार हुआ देखा। सिंला का एक पैर का जूता था राजकुमार राजकुमार राजकुमार ने उसे उठा लिया। अगले यह ऐलान किया गया कि जिसे भी वह जूता ना पाएगा, उसी से शादी करेगा। मंत्री घर-घर जाकर उस जूते को सब लड़कियों को पहनाने लगा जब मंत्री सिंला के घर पहुंचा दोनों बहनों ने उस जूते को पहना लेकिन किसी को भी वह पूरा नहीं हुआ अब आपकी बारी है मंत्री ने सिंड्रेला से कहा पर यह तो सिर्फ एक नौकरानी है सौतेली मां ने कहा इसे भी है पहनना चाहिए मंत्री ने कहा जूता अच्छे से सिंड्रेला को ना पा गया उसकी सौतेली मां और हैरान रह गईं तभी थर्माता प्रकट हुई और सिंड्रेला को एक राजकुमारी बना दिया तो वही राजकुमारी है जो राजकुमार के साथ शाही में थी उसके बाद सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हुई और वे खुशी-खुशी रहने लगे एक समय की बात है एक शहर में दो भाई रहते थे एक बहुत अमीर था और दूसरा बहुत ही गरीब एक भाई के पास सब कुछ था वही दूसरे के पास खाने को न रोटी न पहनने को कपड़े उसका परिवार भूख से मर रहा था उसके पास खाना खरीदने के पैसे भी न थे वह अपने भाई से मदद मांगने जाता पर बड़ा भाई उसकी कोई मदद न करता एक दिन वह काम की तलाश में भटक रहा था रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखी उसके पास लकड़ियों का एक बहुत बड़ा कट्ठर था यह लकड़िया भारी है मैं आपकी मदद कर देता हूँ हुआ बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो जी, मैं क्या करूँ मेरा परिवार से मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा मेरे पास कोई काम नहीं है क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अच्छा बेटा अगर तुम यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक ले आओ तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकती हूँ बेटा जिससे तुम अमीर हो जाओगे ठीक है। वो आदमी उस उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चल दिया और उस गठर को लेकर बुढ़िया के घर तक पहुंचा दिया शुक्रिया बेटा। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गरीबी बहुत जल्द दूर होगी हाँ ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने उसे खीर दी ये लो बेटा इसे लेकर तुम जंगल में जाओ कुछ दूर जाकर तुम्हें तीन आम के पेड़ दिखेंगे बेटा उसके पीछे एक बड़ी सी चट्टान भी होगी उसी के पीछे एक बड़ी गुफा है वहाँ तीन रहते हैं बेटा। उन्हें खीर बहुत पसंद है मैं तुमसे यह खीर जरूर पर तुम बदले में उनसे पैसे मत मांगना बल्कि कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे बस बेटा तुम्हें इतना ही करना है आदमी खीर लेकर जंगल में चला गया वहाँ उसे बहुत सारे पेड़ दिखे कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ी ध्यान से देखने पर तीन पेड़ त्रिभुज की तरह कतार में लगे हुए थे सब कुछ वैसा ही था जैसा बुढ़िया ने बताया था गुफा का दरवाजा लगा हुआ था और बोनो ने खीर देखी तो कहा यह खीर हमें दे दो इसके बदले हमसे जो चाहे ले लो ठीक है मैं तुम्हें ये खीर दे देता हूँ उसके बदले तुम मुझे पत्थर की चक्की दो हमें मंजूर है पर यह चक्की आम नहीं है इसे घुमाते हुए तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा हाँ और इच्छा पूरी होने के बाद इस पर लाल कपड़ा जरूर डाल देना सामान बनना बंद बन हो जाएगा ने उसे चक्की दी और वह चक्की लेकर वहाँ ऐसी चला गया उसने देखा उसका परिवार भूख के मारे जमीन पर पड़ा था उसने अपनी पत्नी से एक बड़ा कपड़ा लाने को कहा, जिस ऐसी वह चक्की घुमाने लगा और कहा चक्की चक्की दाल निकाल। फिर वहाँ दाल का ढेर लग गया उसने चक्की पर लाल कपड़ा डाल दिया दाल निकलनी बंद हो गई। उसने कपड़ा हटाया और फिर चक्की से कहा चक्की चक्की ऐसे ही वहाँ चावल का भी ढेर लग गया सभी ने भर पेट खाना खाया फिर उसने चपकी से रोज नई नई चीजें निकालना शुरू कर दिया कभी आटा कभी दाल चावल ज्वार और वो सारा सामान बाजार में बेचने लगा धीरे धीरे उसके पास बहुत सारा धन जमा हो गया और देखते ही देखते वो अमीर हो गया। उसने एक अच्छा सा घर बना लिया उसकी पत्नी बच्चे सभी बहुत खुश रहने लगे पर यह सब देख उसका बड़ा भाई हैरान हो गया वह जलने लगा। अरे यह यह क्या? दिन पहले तो भूखा मर रहा था। अचानक तो उसके पास से आया? दाल में कुछ काला है इसी बात का पता लगाने वह छोटे भाई के घर में छिप छिपकर नजर रखने लगा अगले दिन मौका पाकर वह भाई की चक्की चुरा लाया और शहर छोड़कर अपने परिवार के साथ भाग गया रास्ते में जाते जाते उसने चक्की को आजमाना चाहा और चक्की से पूछा चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की से नमक का ढेर लग गया पर उसे तो चक्की का तरीका मालूम ही नहीं था देखते ही देखते वह नमक के ढेर में दब गए और मर गए इसीलिए कहते हैं हमें कभी किसी से ईर्षा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पास है उसी से खुश रहना चाहिए दलिटल मो में जलपरी समंदर के बहुत अंदर जहाँ सूरज की किरने भी नहीं पहुँच पाती एक बड़ा सा महल था वहाँ राजा अपनी माँ और छह बेटियों के साथ रहता था जलपरियों को समंदर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी जब तक वे पंद्रह साल की नहीं हो जाती जैसे जैसे वे पंद्रह साल की होती गईं वे बाहर समंदर के जाकर देख सकती थी जो भी जलपरी घूम आती सबको बताती उसने क्या देखा किसने सुंदर महल तो किसी ने सुंदर शहर देखा सबकी बातें सुन सबसे छोटी जलपरी जल से जल्द घूमने की इच्छा रखती जिसका नाम था एरियल। एरियल वो भी भी आ गया जब साल की हो गई। अब मैं भी इंसानों की धरती देख पाऊंगी जलपरी ने शाम होने का इंतजार किया और जब वो समंदर के बाहर निकली उसने बहुत सुंदर बड़ी सी शिप को देखा मुझे सुंदर शिप को पास से देखना चाहिए नन्ही जलपरी ने अपनी सबसे अच्छी सहेली से कहा अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगी सुंदर रंग बिरंगे पटाखे फूटने लगे और रात के अंधेरे में आसमान और भी सुंदर लगने लगा मुझे जानना है ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं जलपरी शिप के पास जाकर उसे देखना चाहती थी इसलिए वो तैरती हुई वहाँ पहुंची जहाँ उसे खूबसूरत सी खिड़की दिखाई पड़ी जिस के अंदर एक सुंदर रात कुमार बैठा हुआ था जिसका नाम था एरिक। अचानक पानी पानी में में तेज तेज तूफान तूफान उठा और और शिप पानी में भटकने लगी। बिजली की जलपरी गर जलपरी हैरान हैरान रह गई। जब तेज हवाएं लगी, नन्ही होकर शिप को देखने लगी। तभी जलपरी अचानक देखती है समंदर में राजकुमार गिर पड़ा है वह तुरंत पानी से उसे निकालकर बचा लेती है राजकुमार बेहोश होता है वह उसे समंदर किनारे ले जाती है कुछ ही देर में वे दोनों किनारे पे पहुंच जाते हैं और शिप पानी में डूब जाती है नन्ही जलपरी ने राजकुमार की जान बचा ली लेकिन जैसे ही राजकुमार को होश आया, वह समंदर की लहरों में गायब हो गई उसी समय एक लड़की वहां से गुजरती है और वह राजकुमार को देख उसकी मदद करती है और अपने साथ ले जाती काश मैं दोबारा राजकुमार को देख पाऊ मैं तो यह भी नहीं जानता की मैंने उसकी जान बचाई है एरियल उदास हो गई हर रोज नन्ही जलपरी पानी के ऊपर जाकर राजकुमार राजकुमार राजकुमार को को ढूंढती, पर उसे कभी वहां नहीं दिखता। एक दिन महल के पास एरियल ने दोबारा देखा। उसके बाद वह हर रोज उसी जगह आकर राजकुमार को देखने लगी एक दिन नन्ही जलपरी ने अपनी दादी से पूछा क्या इंसान हमेशा जिंदा रहते हैं नहीं बेटी नहीं उन्हें मरना पड़ता है, है है। लेकिन हमारी तरह उनकी है। जो हमेशा रहती ने ने कहा। उसके बाद ने सोच लिया कि वह इंसान बनना चाहती है। मैं उन्हेंदर की जादूगरनी से पूछती हूँ शायद वो मेरी मदद करे एरियन ने सोचा एक दिन एरियल समंदर की जादूगरणी से मिलने जाती है और अपनी इच्छा उसे बताती है अच्छा तुम राजकुमार से प्रेम करती हो इसीलिए इंसान बनना चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बदले में तुम्हें मुझे अपनी आवाज देनी होगी जादूगर ने कहा एरियल मान गई, क्योंकि वो जल्द से जल्द इंसान बनना चाहती थी जादूगरू ने नंगी परी को जादु पुड़िया दी और कहा इसे खा लो तुम इंसान बन जाओगी लेकिन याद रखना अगर राजकुमार ने तुम शादी नहीं की तो तुम मर जाओगी एरियल खुशी खुशी तैरती हुई समंदर के किनारे पहुंची और की हुई को खा लिया। अचानक शरीर में तेज़ी से हलचल हुई और वह बेहोश हो गई जब एरियल को होश आया उसने खुद को राजकुमार के महल में राजकुमार के ठीक सामने खुद को पाया राजकुमार ने पूछा तुम कौन हो नन्ही जनपुरी ने जब बात करने के लिए बोलना चाहा, उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज जा चुकी है जादूगर ने उसकी प्यारी आवाज छीन ली है लेकिन वह वह खुश थी, क्योंकि अब राजकुमार के पास थी। राजकुमार एरियल को अपने महल में ले गया और वो साथ साथ रहने लगी। समय बीता तब एरियल को यह महसूस हुआ की राजकुमार उसे केवल अच्छा दोस्त समझता है उसे प्रेम नहीं करता एक दिन राजकुमार जलपरी से बात करने के लिए जाता है और उसे कहता है एरियल मेरी दोस्त आज मैं अपनी होने वाली पत्नी से मिलने जा रहा हूँ क्या तुम तो मेरे साथ चलोगी एरियल ने कहा जरूर राजकुमार उसी लड़की से शादी करने वाला था जो उसे समंदर के किनारे मिली थी और जिसने उसकी जान बचाई थी वापसी के दौरान सफर में जलपरी ने खूब सोचा मैं इंसान तो बन गई पर अपने प्यार को पा ना सकी अचानक उसने देखा कि उसकी पांचों बहनें शिप के पास तैर रही थी उनकी कटे हुए और हाथों में खंजर था एक बड़ा सा चाकू था जलपरी हैरान थी उसने उन पांचों बहनों से पूछा तुम सब यहाँ क्या कर रही हो तुम्हारे बालों को क्या हुआ एरियल हमें जादूगर ने यहाँ भेजा है बदले में वो राजकुमार को तुम्हारे द्वारा मरवाना है। और ये काम तुम्हें करना होगा क्योंकि फिर तुम नहीं मरोगी तुम हमारे पास लौट आओगी पांचों बहने एरियल को समझाती है एरियल जैसे ही पड़ा चाकू लेकर कमरे में घुसती है मैं राजकुमार को नहीं मार सकती जैसे ही एरियल ने खंजर को मैं पानी में जाकर पड़ा। और अचानक समंदर में छलांग लगा देती है लेकिन समंदर के अंदर जाने की बजाय वह समंदर से ऊपर उड़ने लगती है एरियल को लगा वह ऊपर और ऊपर जा रही है आसमान की ओर हजारों परियों के पास परी उड़ती हुई अपने आप को महसूस कर रही थी। आओ, तुम्हारा बादलों की दुनिया में स्वागत है। तुम यहाँ अपने अच्छे कर्मो के कारण आए हो बादलों की परी ने कहा छोटी दलपरी की दुनिया और खूबसूरत हो गई थी। वह खुशी से बादलों में उड़ने लगी आखिर उसने राजकुमार से सच्चा प्रेम जो किया था ये कहानी है एक किसान और उसकी जादुई घड़ी की किसी दूर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था राम राम बहुत ही अच्छा और समझदार आदमी था उसकी पाँच एकड़ जमीन थी अच्छा किसान होने के बावजूद भी उसके खेत में वो अनाज नहीं उगा पा रहा था जबकि बाकी किसान फसल की कटाई भी करते और भी राम हर रोज चलाता और चलाता आरोप उसकी जमीन बंजर ही रहती तुम हर रोज क्यों से खोदते हो इस जमीन ने तुम्हें आज तक अनाज का एक डाला भी नहीं दिया तुम्हें ये जमीन बेचकर किसी और जगह नई जमीन खरीदनी चाहिए मगर भाई ये जमीन तो मेरे पुरखों की है और वो इसी जमीन पर खेती किया करते थे मैं जरूर कोई गलती कर रहा हूँ पर मैं कोशिश करता रहूंगा मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है भाई राम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता था उसने कई दिन तक खाना भी नहीं खाया सिर्फ फल ही खाता था राम ने हिम्मत नहीं हारी वो हर रोज कुदाल चलाता रहा मैं तब तक कुदाल से जमीन खोदता रहूँगा जब तक मेरी जमीन कोई अनाज नहीं उगाती मैं हर साल बीज बोता हूँ आखिर ये बीज ज्यादा कहाँ है राम कुदाल चला रहा चलाता रहा मैं बहुत हूँ राम ने पूरे खेत में कुदाल चलाई आखिर दोपहर के समय उसने आराम करने की सूची भूखा होने के कारण राम कुदाल नहीं चला पा रहा था वो अपना काम रोकने ही वाला था कि उसकी कुदाल जमीन में किसी चीज से टकराई ये क्या है ये आवाज़ तो किसी धातु की लगती है ओह, कितना बड़ा घड़ा है बड़ी अजीब बात है कौन ऐसे धातु का घड़ा जमीन के इतने नीचे गाड़ सकता है ये तो हद ही हो गयी राम को लगा की उसकी इतनी कड़ी मेहनत बिल्कुल बेकार गयी है उसने अपनी कुदाल खड़े में फेंकी और पेड़ की छाव में जाकर बैठ गया अब तो मुझे ये जमीन बेच ही देनी चाहिए मैं कब तक ऐसे भूखा रहूँगा ये बंजर जमीन मुझे कभी कुछ नहीं दे सकती राम पेड़ की छांव में आराम से बैठकर कर फल खाने लगा उसे भूख बहुत ज्यादा लगी थी और फल भी बहुत ही कम वो घंटों वहाँ बैठकर अपनी जमीन के बारे में सोचता रहा और उदास हो गया उसे पता था की उसे अब जमीन बेचनी ही पड़ेगी क्यूँकी उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए ये पुरखों की जमीन मुझे बेचनी ही होगी मुझे अंधेरा होने से पहले घर चलना चाहिए राम अपनी कुदाल लेने जैसे ही घड़े के पास पहुंचा, तो वहाँ का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया ये क्या ये यहाँ किसने रखा होगा मैं तो सारा दिन यहीं पर था राम ने देखा कि घड़े में सौ कुदालें थीं। जैसी उसके पास थी वो समझ नहीं पा रहा था की इनमें ऐसी उसकी कुदाल कौन सी है ये नहीं हो सकता जब ही खड़ा है मुझे और कोशिश करनी चाहिए राम ने वो सौ गुदाले बाहर निकाली और घड़े में एक अंगूर का दाना रखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब एक अंगूर का दाना सौ अंगूर के दाने बन गए ये तो जादू खड़ा है मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है इसे घर ले चलता हूँ तो ये तो बहुत ही भारी है इसके लिए रस्सी लगेगी राम ने रस्सी का एक चोर घड़ी ऐसी बांधा और दूसरा अपनी कमर ऐसी फिर वो घड़े को घसीटता हुआ घर की ओर चल दिया रास्ते में वो सोचता रहा कि घड़ी में और क्या क्या चीजें डाली जाए सबसे पहले मैं एक अंडा रखता हूँ मुझे बहुत भूख लगी है और मैं सिर्फ फल ही तो खा रहा हूं। राम बाजार गया और अपने बचाए हुए पैसों से एक अंडा खरीदा फिर उसने वो अंडा घड़े में रखा और देखते ही देखते देख दे घड़ा अंडो ऐसी भर गया तो राम बहुत खुश हुआ उसने अपने लिए दो अंडे पकाए मैंने आज तक ऐसा स्वाद नहीं चेखा पर मैं इन बाकी बचे अंडों का क्या करूंगा? ओह, मैं ये अंडे बेचकर पैसे कमा सकता करूँगा तब राम को समझ आया कि ये घड़ा उसे खाना ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी मदद कर सकता है सारे अंडे बेचने के बाद राम ने घड़े में कई प्रकार की वस्तुएं डाली जब उसे कपड़े की जरूरत पड़ती थी तो वो एक छोटा कपड़े का टुकड़ा घड़े में डालता तुरंत घड़ा उसे पंद्रह लोगों के लिए कपड़ा दे देता अगर उसे कमीज की जरूरत पड़ती तो घड़े में एक कमीज रखता और घड़ा उसे सौ कमीज देता इस तरह राम अनाज फल और मसाले घड़े में डालता रहा और घड़ा भी उसे बहुत सारी चीजें वापस देता गांव वाले राम की इस तरह से हैरान हो गए पर किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चला राम हमेशा अपना घड़ा घर के एक कोने में कपड़े ऐसी ढक छुपा के रखता था एक दिन राम ने घड़ी की परीक्षा लेनी चाहिए उसने घड़ी में एक मुर्गी रखी ये देखने के लिए कि क्या होता है अचानक घड़े ऐसी सौ मुर्गियाड़ा बाहर आने लगी राम का घर मुर्गियों से भर गया हर तरफ मुर्गिया ही मुर्गिया तो, मैंने एक मरी हुई मछली डाली होती तो अच्छा होता तो, अब मैं इतनी सारी मुर्गियाँ कैसे पकड़ूंगा राम ने मुर्गियों को पकड़ना चाह आरोप नाकाम रहा कभी वो मेज पर तो कभी चारपाई पर बैठ जाती एक तो उड़कर उसके सर पर बैठ गई। ओह, गयी जाओ चलो सब यहाँ आओ। लेकिन मुर्गियाँ डरी हुई थी इसलिए वो यहाँ वहाँ सारी जगह फैल गई तभी अचानक रुक जाओ। और एक मुर्गी उड़कर घड़े में जाकर बैठ गई और फिर से उसमें से सौ मुर्गिया उड़ उड़ बाहर आने लगी ओ, मेरा घर तो मुर्गियों का पिंजरा बन गया है अब मैं क्या करूँ राम ने छठ से घड़ी को ढक दिया और एक कोने में रख दिया फिर वो घर से बाबा मुर्गियाँ भी उसके पीछे भागी गांव वाले इतनी सारी मुर्गियाँ राम के घर से बाहर निकलते देखकर हैरान हो गए है? इतनी सारी मुर्गियाँ मुझे घड़े को बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन राम को पता नहीं था कि राजा का एक सिपाही उसकी बातें सुन रहा था उसे घड़े के बारे में पता चला और तुरंत राजा के पास पहुँच उसने सारी कहानी बता दी जितनी सारी मुर्गिया वो भी एक घड़े ऐसी ये कैसे हो सकता है वो जरूर कोई जादु खड़ा होगा तुरंत राम को और उस घड़े को यहाँ ले आओ वो शाही खजाने का हिस्सा है राम समझ गया कि राजा ने उसे घड़ा लेकर क्यों बुलाया है। ये राजा तो बहुत ही लालची है शायद उसे सारा धन खुद के लिए चाहिए वो घड़ा यहाँ ले आओ ये तो वापे काफी बड़ा है पर ये खड़ा इतनी सारी मुर्गिया कैसे दे सकता है जरा देखो तो इसके अंदर क्या है अरे नहीं रुकिए पर बहुत देर हो चुकी थी जैसे ही राजा ने घड़े के अंदर छाका वो फिसल गया और घड़े में गिर गया अब अंदर से सौ राजा घड़े से उछल उछल कर बाहर आने लगे इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता वो सब आपस में लड़ने लगे ये मेरी राजगद्दी है हट जाओ चावा से नहीं ये मेरी है मैं राजा हूँ नहीं ये मेरा राज्य है पूरा राजमहल राजाओं ऐसी भर गया अरे अपने राजा को बताओ हो और इसमें कौन है सिपाही अपने राजा को नहीं पहचान पाए और राजा एक दूसरे से लड़कर मर गए पूरा राज शोक में डूब गया क्योंकि अब करने के लिए राजा ही नहीं बचा था नहीं। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ वो दौड़कर कर के पास गया और उसे जमीन पर पटक दिया पर अब राम के खेत में फसल लहरा रही थी उसने खेती शुरू की और खुशी खुशी मेहनत करके जीवन जीने लगा अरे, चलो चलो जल्दी ऊपर आ जाओ बाहर बारिश हो रही है, हमें है। मम्मी हमें खेलने दो ना मम्मी आज आप कौन सी कहानी सुनाओगे आओ मेरे साथ बैठो आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ उसका नाम है स्नो वाइट और सात बनो एक बार सर्दियों में खूब बर्फ पड़ी नरमुलायम बर्फ भूमि की तरह धरती पर गिर रही थी रानी अपने कमरे की खिड़की को खोलती है और बाहर एक काली चिड़िया देखती है रानी ने सुई को उंगली पर दबाकर खून का कतरा निकाल लिया और विष मंगी काश मेरी अपनी बेटी का रंग इतना ही गोरा हो जितना कि बर्फ का होठ इतने ही लाल हो जितना मेरा खून और बाल इतने ही काले हो ये कुछ समय बाद रानी को बेटी हुई वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा रानी ने विश किया था रानी ने अपनी सुंदर बेटी का नाम रखा स्नो वाइट कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई और स्नो वाइट के पिता राजा ने दूसरी शादी कर ली और नई रानी को लेकर आए नई रानी बहुत सुंदर थी लेकिन वह एक जादुगरणी थी हर रोज वह अपने जादु शिशे से बातें करती शीशे शीशे सच बताओ सबसे सुंदर कौन बताओ और शीशा जवाब देता तुम ही सबसे सुंदर रानी तुम ही सबसे सुंदर रानी यह सुनकर खुश हो जाती क्योंकि वह जानती थी कि शीशा झूठ नहीं बोलता सालों बाद स्नो वाइट एक बहुत सुंदर लड़की बनती एक दिन रानी ने फिर से शीशे से पूछा शीशे शीशे सच बताओ सबसे सुंदर कौन बताओ तुम ही सबसे सुंदर रानी इसमें कोई शब्द नहीं लेकिन अब स्नो वाइट तुमसे भी सुंदर सुनो सच ही रानी स्नो वाइट से जलने लगी से, से लाल हो गई रानी ने स्नो वाइट को जान से मार डालने का सोचा उसने अपने सिपाही को बुलाकर जंगल में ले जाकर स्नो वाइट को मार डालने को कहा और वापसी में स्नो वाइट का दिल लाकर देने को रानी से भी डरते थे मैं तुम्हे नहीं मार सकता सिपाही ने कहा लेकिन मैं तुम्हें वापस राज नहीं जा सकता मैं तुम्हें यही जिंदा जंगल में छोड़ देता हूँ रानी के पास पहुंचा रानी को कहा की यह स्नो वाइट का दिल है स्नोवाइट जंगल में अकेली भूखी प्यासी खटकने लगी चलते चलते उसने एक छोटा सा घर देखा ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई बाहर ना आया, वह घर घर के के अंदर अंदर चली गई। उसने एक खाने की टेबल देखी, सात सात सात छोटी-छोटी प्लेट्स, चम्मच, प्यारी-प्यारी कप और सात छोटी कटोरिया थी स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी इसलिए उसने खाना खाया और घर के अंदर जाकर देखा सात बेड लगे थे स्नो वाइट बहुत थक चुकी थी इसलिए वह बेड पर लेटते ही सो गई ये घर था सात बूनों का जो हर रोज पास के खान में जाकर हीरे ढूंढते थे जब विराट रात में घर पहुंचे उन्होंने देखा कोई घर में खुशकर उनका खाना खाते बता जब वे अंदर गए उन्होंने एक सुंदर लड़की को देखा सुंदर लड़की कौन है तब स्नोवाइट उठी सात बोलो को अपने बारे में बताया को स्नो वाइट की बात सुनकर उस पर स्नो वाइट को अपने घर में रख लिया लेकिन समझाया भी कि जब वे घर में ना हो स्नो वाइट घर का दरवाजा किसी के लिए बिना खोले क्योंकि अगर दुष्टानी को पता चला की स्नो वाइट जिंदा है वह उसे नहीं छोड़ेगी स्नो व्हाइट खुशी खुशी बोलो के साथ रहने लगी एक दिन फिर रानी ने जादुई शीशे से पूछा शीशे शीशे सच बताओ सबसे सुंदर कौन बताओ शीशे ने जवाब तुम ही सबसे सुंदर रानी तुम ही सबसे लेकिन स्नो सबसे सुंदर, सुंदर लेकिन रहती है सात दोनों के घर रानी गुस्से से पागल हो गई और समझ गई कि सिपाही ने उसे धोखा दिया है अब रानी ने स्नो वाइट को खुद ही खत्म करन करने का सोच लिया ने एक बुढ़िया का भेज बदलकर जंगल में और का घर लिया। स्टोवाइट खिड़की के पास बैठी क्या तुम कंघी खरीदना चाहती हो तुम्हारे बाल सवार दोनों की बात फूल चुकी थी बुढ़िया को घर के अंदर आने को कहा आओ मैं तुम्हारी कंघी कर देती हूँ कंघी में जहर रकम स्नो वाइट जमीन पर कंगी लगते ही बेहोश होकर पड़ी रानी वहां से भाग गई कंघी को स्नोवाइट के बालों में लगा छोड़ दिया। जब उन्हें काम से वापस लौटे, उन्होंने को बेहोश देखा स्नोवाइट पर बानी डाला और कंगी को बालों से निकाल दिया स्नोवाइट ने पूरी घटना बोनो को बताई बोनो को लगा की जरूर यह दुष्ट रानी ही है स्नो वाइट को फिर समझाया कि वह किसी अजनबी को घर के अंदर ना आने दे रानी ने कुछ समय बाद फिर शीशे से पूछा शीशे शीशे सच बताओ सबसे सुंदर कौन बताओ तुम ही सबसे सुंदर रानी तुम ही सबसे सुंदर स्नो वाइट अभी भी है जिंदा नहीं कोई उससे सुंदर रानी ने सोच लिया इस बार वो स्नो वाइट को हर हाल में मार डालेगी। रानी फल बेचने वाली का भेज बदल एक बार फिर जंगल में पहुंची उसके पास बहुत से सेब सेब सेब सेब सेब थे और सब से जहरीला से था। ले ले ले लो लो लो। ताजे ताजे ले लो। ने दरवाजा नहीं खोला पर वह के पास जाकर देखने लगी। दिखाओ कैसे हैं तुम्हारे सेब खाकर देखो प्यारी ये बहुत स्वादिष्ट हैं बहुत ही मीठे है स्नोट ने जैसे ही जहरीला सेब खाया वह जमीन पर गिर पड़ी रानी हंसती हस्ती वहां से चली गई रानी ने शीशे से फिर पूछा शीशे शीशे सच बताओ सबसे सुंदर कौन तुम्ही तुम सबसे सुंदर रानी तुम्ही सबसे सुंदर रानी खुश हो गई जब दोनों ने स्नो व्हाइट को मरा हुआ पाया तो उदास हो गया और एक कांच के कफ में स्नो वाइट को रख दिया ने अपने बगीचे में फूलों के साथ स्नोट का कर लिया और उसे देखने लगाते ही स्नो राजनोट को, राज को अपनी साथ को नहीं ले जा सकता क्या वो उसे कैस कर सकता है मान गई राजकुमार ने जैसे ही स्नो वाइट को कैस दिया सारा जहर गायब हो गया और बहसा हो गई खुश होकर उछलने लगी राजकुमार ने से से शादी कर रानी रानी, ने शीशे से पूछा। शीशे शीशे पूछा, सच बताओ, सबसे सुंदर सुंदर कौन? तुम ही स्नो बाइट ऐसी सुंदर। लेकिन रानी बाइट तो है सबसे सुंदर। तो सुंदरानी ने गुस्से में आकर शीशे को तोड़ दिया राजा को पता चल गया डर ड्रानी ने ही स्नोट को मारने की कोशिश की थी स्नो बाइट सात दोनों को अलविदा कह के, के वहां से चली गई। स्नो बाइट और राजकुमार ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे